हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएँगे फ्लिपकार्ट से पैसे कैसे कमाएं आप फ्लिपकार्ट से पैसे कैसे कमाएं इस जबरदस्त है हमारे पास आप कुछ भी नहीं करना है नहीं कुछ मंगाना है नहीं कुछ फ़्लिपकार्ट से केवल पैसे कमाना है अर्निंग पंद्रह बीस हज़ार रुपये महीने भी अर्निंग कर सकते हैं इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा वो प्ले स्टोर से सॉप सी डाउनलोड करना होगा हम डाउनलोड कर लेते हैं इस एप से कोई भी आपको कोई भी सौदा लेगा अगर दूसरा कोई खरीदा हो तो वो पैसा आपके खाते में अर्निंग होगी उसकी आपके अकाउंट में अर्निंग होगी चलो हम इस ऐप को स्टार्ट करते हैं हमने ऐप को स्टार्ट कर लिया है चलो अब स्टार्ट अर्निंग पर क्लिक करते हैं इसका अर्निंग दे रहा है हर जगह हम अपना नंबर डाल देते हैं हमने नंबर डाल दिया है हम कंटिन्यू पर क्लिक कर रहे हैं कंटिन्यू कर दिया हमने हमारे नंबर पर एक कोड आएगा वेरीफाई कोड उसको डालते हैं हम वेरीफाई कोड डालने आने वाला है नम्बर, हमारे नंबर पर हमारा नंबर वेरीफाई कोड आ गया है हम कोड को डाल रहे हैं हमने कोड डाल दिया है अब हम वेरीफाई करते हैं हमारा नंबर वेरीफाई हो गया है अब हम दिखा रहे हैं आपको अर्निंग कितनी कितनी हो रही है देखो अर्निंग ज़बरदस्त अर्निंग है देखो अर्निंग कितनी कितनी होती है यहाँ पर रखा कर दें ये देखो अगर ये कोई एमआई की पावर बैंक कोई मंगा लेता है आप आपके लिंक से तो आपको एक रुपए की एयरनिंग होगी आपके लिंक से कोई 100 सौ कोई पावर बैंक मंगा ले तो एक रुपए की एयरनिंग होगी अगर आपको रेडमी की ये मंगा ले तो एक रुपए की एयरनिंग होगी सोच लो अगर किसी ने मंगा लिया तो आपकी फिति अगर आप अपने दोस्त कोई भी आपका दोस्त कुछ ऑर्डर करके मंगाना चाहता है तो उसका ऑर्डर कर दें आप और आपको उसका कमीशन आपको मिलेगा उस प्रोडक्ट की कमीशन आपको मिलेगी अगर आप लिंक कोई इसको लिंक को ये देख रहे हैं आप इस शेयर का बटन आ रहा है आप किसी को शेयर करते हैं तो उसकी भी कमीशन आपको मिलेगी मान लीजिए हमने ली ये शेयर कर रहे हैं हम इस प्रोडक्ट को शेयर कर देते हैं हमने शेयर पर क्लिक किया हमने शेयर पर क्लिक कर दिया है और व्हाट्सएप शेयर पर कर लें व्हाट्सअप पर कर दिया व्हाट्सअप पर कर रहे हैं हम व्हाट्सअप पर आगे अगर हमने इस शेयर कर रहे हैं अगर इस इन्होंने ये प्रोडक्ट मंगा लिया हमारे लिंक से तो ये ये पैसा हमारे खाते में आएगा अगर ये देखते हैं इसको इनको सही लगा ये प्रोडक्ट तो ये ये ख़रीद लेंगे और ये पैसा सब हमारे खाते में आ जाएगा इनका कमीशन हमारे खाते में आएगी आप चाहें तो ये कहीं भी भेज सकते हैं कहीं भी शेयर कर सकते हैं हम देख रहे हैं कहां कहां शेयर हो सकता ही है ये शेयर करने के लिए ये इसको आप फेसबुक पर कर सकते हैं व्हाट्सअप पर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं बहुत सारी जगह कर सकते हैं इसको शेयर आप शेयर करें और पैसे कमाए आपके लिंक से कोई ख़रीदेगा तो आपके उसमें अर्निंग होगी तो आप देख रहे हैं इसमें देखो मैंने क्या क्या मंगाया है मैंने मंगाया है दो दो तीन चीज़ें मंगाई थी और वो पैसा मुझको अर्निंग हुआ है अर्निंग हुआ है मेरे को वो पैसा मैंने ये मगाई थी मैंने दो चीज़ मंगाई थी और वो पैसा मुझको अर्निंग हुआ है आप चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं यहाँ पर आपका पैसा आएगा यहाँ से आपको विड्रॉल मेरा पैसा आ जाएगा इसमें से तो विड्रॉल हो जाएगा और आपको ये वीडियो पसंद आई है उसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भाइयों ये वीडियो बनाने मेहनत लगती है तो एक सब्सक्राइब तो कर सकते हो आप इस वीडियो को स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देने ज़रूर आपके लिए ऐसी बढ़िया वीडियो लाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें